दोस्तों आरबीआई के इतिहास में दो ऐसे गवर्नर के जी अम्बेग ओकर और, और स्मिथ इन्होंने कभी नोटों पर सिग्नेचर नहीं कर पाए दोस्तों भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो पूर्व में आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो ईस्ट इंडिया कंपनी के डबल मोर को देखकर बनाया गया था जिसमें बस थोड़ा सा बदलाव किया गया था इसकी आधिकारिक प्रतीक सिंह और बाघ है दोस्तों भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है वही आर का फाइनेंशियल ईयर एक जुलाई ऐसी शुरू होकर तीस जून को समाप्त हो जाता है सन उन्नीस में हिल्टन यंग आयोग वोल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस में पहली बार केंद्रीय बैंक के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम की संस्तुति की थी दोस्तों अब आप आपको बताते हैं कि क्या आरबीआई भारत के अलावा भी किसी देश के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य कर चुका है की यहाँ दोस्तों भारत के अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो अन्य देश पाकिस्तान और म्यांमार के सेंट्रल बैंक के रूप में अपनी भूमिका निभा चुका है आरबीआई ने जुलाई उन्नीस तक पाकिस्तान और उन्नीस तक म्यांमार फर्मा के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य कर चुका है तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आए होगी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद